तो है कोई तो है जो हमारे राज दरपार में अपने पैर पसार रहा है कौन है वो पापी बाहर निकल पापा हम जानते पापी कौन है कौन है मम्मी है पापी क्या सबूत है कि मम्मी पापी है किस प्रकार का की पत्नी पापी होती है पापी होती है